खड़ा गुजरिया पहलवाना मलपुरा खड़ा मुकेश राणी डर ये जुलेट पहलवाना गटोपुर गांव में इसका गंगो के पास खड़ा कैसीम गंगो

दूसरा पहलवान रोहतक रोहतक ये पहलवान रोहतक पहलवान अब जितने भी पहलवान पब्लिक में दस बीस रोप कोई फर्क नहीं पड़ता छह मिनट का समय धन्यवाद जी छह मिनट का समय